लगने लगेगा तुझे गमों से शिकायत कोई नहीं अरे इतनी बार टूटा है कम से कम उफ तो कर अरे इतनी बार टूटा है कम से कम उफ तो कर और दो वक्त की रोटी के लिए कितना कुछ करता है इंसान तेरी तो ख्वाहिश इश्क है तू कुछ तो कर